जैसा कि आज देख रहे हैं दोस्तों मौसम बहुत ही मस्त हो गया और अपना मनपू सर यानी की शेर पंजाब का शेर इंडिया का नंबर वन मनपू अपना काम करने के लिए तैयार अपना काम कर रहा है आज और देख लीजिए लेबर बंधु कितना जोर शोर से धरा रहे हैं क्योंकि मौसम आज एकदम बेहद ही खुश मिजाज और रंग रूप पचिया के साथ खूब धूप के साथ अपना काम हो गया मौसम तो बहुत साफ सुथरा जैसा कि देख रहे हैं मनकु शेर अपना काम करता हुआ शेर के तरह जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों एकदम सभी लेबर काम करते हुए और एक नंबर फर्स्ट क्लास सुंदर भूसा देखिए दोस्तों भूसा क्योंकि मनकू भूसा के लिए जाना जाता है भूसा ही इसका जान है जिस प्रकार देख रहे हैं दोस्तों कितना एकदम मस्त भूसा एकदम नीट लग रहा है कि एकदम चिन्नी के जैसा है एकदम पतला में ही भूसा ही जान है मनकू का शेर अपना चलता हुआ मनकु और ये देखिए लेबर बंदूक अपना काम करता हुआ जैसा कि एकदम जोर शोर से देखिए किस प्रकार से एकदम काम कर रहे हैं लेबर बंदूक एकदम थक नहीं रहे हैं तरह से एकदम थक नहीं रहा है लेबर भी अपना नहीं बेहतरीन क्योंकि काम के लिए जाना जाता है मन को और अपना चार पचहत्तर महेंद्रा डी के साथ काम करता हुआ चलिए दिखाते हैं कितना आरपीएम पर चला रहे हैं अभी दिखाते हैं आपको देखिए एकदम लेबर बंधु मस्त काम करता हुआ और एकदम तेरे पंजाब अरे देखिए कितना स्वस्थ एकदम मस्त गाना निकालता है एकदम तेरह के साफ निकाल रहा कितना है मनपुख देखिए आवाज के साथ महेंद्रा चार पचहत्तर डी के साथ अपना शेर महेंद्रा शेर के साथ काम करता हुआ मनपुख